شكلك الله يرحمك موجود موجود والله يا सुनो ना मेरे घर चला होना कोई भी नहीं है ठीक है चलो बजा आएगा ना नीचे तो बैठो बैठो तुम बैठो तो सही और मैं लाइट बंद कर देता ये रहा नहीं चाहता ना? देखो मेरी लाइट वाली गाड़ी मस्त है ना? पागल क्या के? नोने भी सोचा था इसकी तो करेंगे तो